एक शायरी उन लोग लिए जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने जितना नीचे गिराने की कोशिश की उतनी ऊंची बुलंदियां चूम रहा हूँ दुनिया ने जितना नीचे गिराने की सोची उतनी ऊंची बुलंदियाँ चूम रहा हूँ और धोखा दे क्या उखाड़ दिया मेरा पहले सिर्फ एक कांटा था आज जालेवा हथियार बन के घूम रहा हूँ